किसानों के साथ धोखाधड़ी करने वाले 11 आरोपियों में से छह कोर्ट ने सात साल की सजा सुनाई है और पांच को बड़ी कर दिया है धोखाधड़ी का यह मामला 2019 का है जिसमें अनाज मंडी करोद के व्यापारी आशीष गुप्ता और उसके साथियों ने किसानों से पांच करोड़ छिहत्तर लाख की धान खरीदी और उन्हें फर्जी चेक दे दिया किसानों ने पुलिस में इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई कोर्ट ने एक गवाहों की गवाही के बाद आरोपियों को यह सजा सुनाई है कोर्ट ने उन 11 आरोपियों में से छह को सात साल की सजा सुनाई जिन्होंने गांव-गांव जाकर पिन्चानवे किसानों से पांच करोड़ छिहत्तर लाख की धान खरीदी और उन्हें धान के भुगतान के नाम पर फर्जी चेक दे दिए थे कोर्ट ने इन आरोपियों पर सात साल की सजा के साथ पच्चीस हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया है यह मामला दो का है जिसमे आरोपी आशीष गुप्ता और उसके साथ ही प्रकाश पटेरिया राजेश राय रामस्वरूप राय महेश अग्रवाल सुनील गुप्ता अरविंद परिहार जीवन सिंह राजपूत नारायण प्रसाद राजौरिया रंजीत गोस्वामी धर्मेंद्र गुप्ता ने धान तो खरीद ली लेकिन फर्जी चेक देकर किसानों के भरोसे को तोड़ दिया इन आरोपियों पर किसानों ने केस दर्ज करा दिया था जांच के बाद कोर्ट ने 121 गवाहों की गवाही के बाद सजा सुनाई है वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है हर आम और खास ऐसी जुड़े मसले हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं सत्य का अन्वेषण दखल न्यूज